टन सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लानट है जो सन से 150 करोड़ किलोमीटर दूर है ये अर्थ और सन की दूरी का 10 गुना है इतना दूर होने की वजह से सैटन पर एवरेज टेंपरेचर बहुत ही कम है ज्यादा दूरी और गैस प्लेनेट होने की वजह से सैटन पर ह्यूमंस किसी भी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते लेकिन क्या आपको पता है सेटन के एक मून आरोप लाइफ के इवाल्व होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और फ्यूचर में ह्यूमंस इसी मून पर अपनी कॉलोनी बसाने वाले हैं मैं बात कर रहा हूँ सैटन के सबसे बड़े मून और हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े मून टाइटन के बारे में इस वीडियो में हम टाइटन के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पाए जाने वाले समुद्र 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 200 से भी ज्यादा मून हैं, जिसमें सबसे बड़े मून का नाम गैनमीड है और ये जुपिटर को ऑर्बिट करता है इसके बाद आता है सैटन का मून टाइटन ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है और ये हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये अकेला ऐसा मून है जिसके पास बहुत ही डेंस एटमोसफेयर है अर्थ के मुकाबले छह किलोमीटर ऊंचा एटमोस्फेयर होने की वजह ऐसी उन्नीस तक साइंटिस्ट यही मानते थे की टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है लेकिन उन्नीस में जब वायजर स्पेस प्रोब ने टाइटन को स्टडी किया तब पता चला ये जूपिटर के मून गैनमीट से थोड़ा छोटा है 95 फाइव नाइट्रोजन और 5 परसेंट मिथेन ऐसी टाइटन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है इसमें इन दोनों गैसों के अलावा लाइफ के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन भी हैं। 2004 में कैसीनी स्पेसक्राफ्ट को टाइटन के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था इससे हमें ये पता चला टाइटन के एटमोसफेयर में मिथेन और नाइट्रोजन की बहुत ही तेज हवाएं चलती है टाइटन के साउथ पोल आरोप मिथेन की झीले भी मौजूद है टाइटन का सबसे ज्यादा एरिया हाइड्रोकार्बन ऐसी बनी झीलों ऐसी कवर्ड है इसकी सरफेस पर मिथेन लिक्विड स्टेट में मौजूद है जिसकी वजह से यहां कभी कभी मिथेन की बारिश भी होती है टाइटन का डायमीटर इक्यावन किलोमीटर है जो मार से थोड़ा ही छोटा है इसका सरफेस का टेंपरेचर माइनस डिग्री सेंटीग्रेड है जो पानी को पत्थर की तरह मजबूत और मिथेन को वेपर से लिक्विड बना देता है प्रेशर की बात करें, तो ये अर्थ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है टाइटन साइटन को 16 दिनों में एक ऑर्बिट कर लेता है अपने प्लेनेट ऐसी बहुत ही ज्यादा पास होने की वजह ऐसी ये हमारे मून की ही तरह लॉक भी है आज ऐसी छह मिलियन ईयर के बाद जब हमारा सन रेड जॉइ स्टेट में होगा तब टाइटन सन के हैबिटेबल जो में होगा और हैबिटेबल जोन में आते ही जहाँ का टेंपरेचर अर्थ के बराबर होगा जो समुद्र को स्टेबल बनाए रखेगा और तब टाइटन पर हमारे अर्थ की ही तरह लाइफ इवाल्व हो पाएगी अगर आज इस मून पर जाने की कोशिश की जाए तो हमें यह जाने में सात साल लग जाएंगे जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमें इस मून पर जाने के लिए अपने मून और मार्स आरोप बेस या स्पेस स्टेशन बनाने होंगे जहाँ ऐसी हमारा स्पेस फ्यूल रिफिल करके टाइटन तक आसानी ऐसी जा सके और इस तरह ऐसी हम सात सालों की जगह दो सालों में ही टाइटन तक पहुँच जाएंगे और अगर आप इस पर लैंड कर पाएंगे तो सैटन को बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे इसकी सरफेस से सैटन इतना बड़ा दिखाई देगा जितना हमारा मूल 11 गुना बड़ा होने पर दिखाई देगा ये नजारा बहुत ही अमेजिंग होगा इसकी सरफेस पर प्रायो वोल्कैनो भी हैं, जो आग की जगह पानी और बर्फ को ब्लास्ट कराते हैं ऐसे ही कुछ वोल्कैनोज लूटो आरोप भी है सन ऐसी बहुत ही ज्यादा दूर होने की वजह ऐसी एक्सट्रीम कोल्ड का भी सामना करना पड़ेगा अगर आपका स्पेसूट इसका टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाए तो आप इसके डेंस एटमोसफेयर में उड़ने का भी मजा ले सकेंगे एक हल्की सी जंप आपको एक बर्ड की तरह उड़ने में हेल्प करेगा जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल बात होगी हाल ही में साइंटिस्ट ने टाइटन पर एक समुद्र को डिस्कवर किया है और उनका मानना है ये 1000 फीट से भी ज्यादा गहरा हो सकता है और इस समुद्र का नाम क्रेकन मेयर है ये समुद्र लिक्विड मीथेन और इथेन से बना हुआ है और ये टाइटन के नॉर्थ पोल पर मौजूद है और ये टाइटन का सबसे बड़ा समुद्र है जो चार लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है साइज में ये इंडिया के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है और साइंटिस्ट का कहना है टाइटन पर हमें सब भी डिस्कवरी के लिए भेजना चाहिए टाइटन के समुद्र में भी लाइफ इवाल्व हो सकती है जिस तरह अर्थ आरोप कभी लाइफ इवाल्व हुई थी जैसे की अर्थ आरोप सभी क्रीचर ऑक्सीजन को एब्जर्व करते हैं और उसको ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करा कार्बन डाईऑक्साइड को रिलीज करते हैं वैसे ही टाइटन आरोप रहने वाले क्रीचर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेंगे और उसको ग्लूकोज की जगह एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और मीथेन गैस को रिलीज करेंगे हमारी अर्थ पर भी ऐसे कई क्रेचर हैं जो इसी मेथड का यूज अपनी लाइफ को चलाने के लिए करते हैं और ऐसे क्रेचर को मिथेनोजेंस कहा जाता है क्योंकि तो ये मीथेन और पानी को रिलीज करते हैं देखा जाए तो कॉलोनी बनाने के लिए टाइटन मार्ग ऐसी भी ज्यादा अच्छा है लेकिन मार्स अर्थ से ज्यादा करीब है इसीलिए हमें वहाँ पर ह्यूमस कॉलोनी बनानी होगी और उसके बाद ही हम टाइटन पर जा सकेंगे टाइटन हमारे अर्थ से काफी दूर है टाइटन तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलने वाले स्पेस शिप बनाने होंगे जो हमारे पास नहीं है और शायद कई दशकों तक नहीं होंगे लेकिन फ्यूचर में ह्यूमंस टाइटन आरोप कॉलोनी बना रहेंगे उम्मीद है आपने इस वीडियो ऐसी बहुत कुछ नया सीखा होगा और इसी तरह के स्पेस एक्सप्लोरेशन वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले थैंक्स फॉर वॉचिंग